कैसे हो आप सभी लोग तो आज हम खेलने जा रहे हैं फ्री फायर फिर एक बार और आज हमारे साथ है मेरे भाई ये हमारी पहली वीडियो है भाई लोग तो चलो स्टार्ट कर दे स्टार्ट अरे अरे ये पेट लेना तो भूल गया सॉरी भाई लोग ये लोग क्या चलो ये ले लो स्टार्ट अरे यार स्टार्ट भी हो चलो चलो चलो तो भाई अपनी पहली वीडियो है प्लीज सब्सक्राइब कर रहे ना यार चलो ट्राई करते मारने के अरे यार यारेरा तो किल कर, मेरा अपने लग से यार सिंपल के लिए। तो मेरी, मेरी, मेरी, मेरी, मेरी यार है लेते हैं आज आजकल तो ओ भाई साहब मेरे में तो मार मेरे तो लग गए रिवाइव करो अरे भाई रिवाइव रिवाइव रिवाइव करो करो अरे भाई भाई कर वैसे वो तो आ गया, आ गया, आ गए गए गए बेटे कर दी राउंड टू प्लीज यार जीतवा दो बंदे कैसे हैं सामने वाले भाई यार क्या कर भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए यार प्लीज़ सपोर्ट आवर फैमिली तो अभी के लिए भाई लोग आप छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं बड़े ज़रा बाद में डालेंगे जैसे आपका सपोर्ट बड़ा आने लगेगा तो वीडियो भी बड़े आने लगेड नीचाओ बहन नीचाओ नीचा हो यार यार यार नीचा हो नीचाओ बैक साइड में बंधा है ऊपर आए खत्म अरे यार मेरा बड़ा भाई भाई है है मेरे पास सुन नहीं रहा। अरे uh. उसको यारे सुनना एक नंबर यार भाई भाई पीछे बंदा बन्ड़, पीछे बंदा या पे जिंदाबाद तो अरे अरे किलाएगा किल तो किल रे मैं आएगा ओ बेटे मुझ कर दी है यार बहुत बीच में आ रहा यार है भाई मुझे हिंदी नहीं आती दादा थोड़ा एडजस्ट कर लो चलो चलो चलो चलो चलो, चलो भाई लोग साथ में चलो यार दादा बोलो यार उनको होश वो बंदा मेरा वो बंदा मेरा यार क्या खेल रहे हो याराई मेटिंग भाई आप लोग लॉन्ग रेंज के बन ले दो यार मैं शॉर्ट रेंज से संभाल लेता हूँ तो लॉन्ग रेंज आते नहीं मेरे को, को हिंदी नहीं आती ज़्यादा राइट साइड से आए गए यार बंदे लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट सॉरी सॉरी सॉरी उनके पास यार स्नाइपर है जरा संभाल के दो यार जो भाल अरे मेरे को एक बिकल नहीं दे चलो, चलो, चलो, चलो, रहा है बिखरल यार, क्या क्या क्या यार मुझे बोलने नहीं आ रहा भाई हेड मार यार एक तो हेड मारेगी चलो यार सब साथ में चलो साथ में चलो टाई टू विज़ यार वो नीचे नीचे नीचे नीचे यार मेरा किल फर्स्ट ब्लड यार किल के triple kill yaar yes. yeah, hai hey. shit yaar yeah. kill chura le de achhe aapne dekha na yaar bhai log कैसे से दोस्त यार कैसे चल यार मेरा भाई आ गए मैं आ गए चलो बाय बाय बाय बाय